छतरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता मंजू अग्रवाल ने तहसीलदार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया मंजू अग्रवाल और उनके समर्थकों ने एक रैली निकाली जिसमें अंग्रेजों की वेशभूषा में दो व्यक्ति घोड़े पर बैठे हैं और उनके पीछे मंजू अग्रवाल और उनके समर्थक हाथों में रस्सी बांधकर भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता मंजू अग्रवाल तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है मंजू अग्रवाल ने तहसीलदार पर आरोप लगाया है की तहसीलदार जमीनों के मामले में अंग्रेजों के जमाने के मांग रहे हैं मंजू अग्रवाल और उनके समर्थकों ने इस मांग के खिलाफ रैली निकाली है जिससे मंजू अग्रवाल अंग्रेजों के गुलाम की तरह वेशभूषा में हैं और उनके हाथ घोड़े से जुड़ी रस्सी से बंधे हुए हैं और इस घोड़े को दो व्यक्ति चला भी रहे हैं जो अंग्रेजों की में हैं गुलामों पर कोड़े बरसाते और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते हुए ये रैली कोतवाली पहुंची जहां नायाब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ज्ञापन सौंपने के बाद मंजू अग्रवाल ने कहा की तहसीलदार हमसे आजादी के पहले का रिकॉर्ड मांग रहे हैं तो क्यों ना हम गुलाम बनकर ही रहे आपको बता दें कि मंजू अग्रवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन करती रहती है वो खबरें जो